हमें तो ऐसा लगा था कि तुम हमारे पीछे हो पर हमें ये नहीं पता था कि पीछे तो खेल खेला जा रहा है